निजोग त्वन आते सुख पावा जगत में वरदायक देवा

के महाराज <laughs>

devardayaka okay. deva ananta deva

हरननाथ के रेवा

मैं तेरे साथ

ちょ

रामो बेज दुज चार गुमानी जगत में पर नायक देवा

माला जमाने कहा तो ये

かか oh